एक लड़का बाहर से घर अपने वापस जा रहा था तभी रास्ते में उसकी दोस्त मिल गई दोस्त मिलते ही उस लड़के से बोली तुम किधर जा रहे हो तो वो लड़का बोला मैं तो अपने घर जा रहा हूँ तुम कहाँ जा रही हो तो लड़की बोली मेरा मन नहीं लग रहा है मैं भी अब तुम्हारे घर चलूंगी तो लड़का बोला चलो ना तभी वो अपन उसको अपने घर ले जाता है घर पहुंचने ही वाले हैं जैसे वो घर पर आ जाती है वो कहती है कि तुम्हारा बहुत अच्छा घर बना है हाँ मेरा घर वास्तव में बहुत अच्छा है मैं जो इसका रख रखाव ठीक से रखता हूँ तभी वो लड़का चला जाता है और एक अचानक राक्षस आ जाता है और लड़की को ग़ायब कर देता है